फ्रेंड्स दिस इज रायस वन सेकेंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बींग हेल्दी इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ फ्रेंड्स एज यू नो कि लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट गिवन बाई गॉड गाड के द्वारा लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट हम लोगों को दिया गया है और इसके मल्टीपल्स फेजेस हैं इट मीन्स लाइफ के मल्टीपल्स हैं इसको आदमी तभी इंजॉय कर सकता है जब पूरी तरह से फिट हो यदि वो फिट नहीं है हेल्दी नहीं है तो वो इन चीज़ों को इन्जॉय नहीं कर सकता है जैसे आपका मल्टीपल नेम्स फेम्स और आप मल्टा हैं बट यदि आपका हेल्थ सही नहीं है तो आपको क्या लगता है आप उसको इन्जॉय कर पाएंगे कभी नहीं इट मीनस हेल्दी होना अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है आपके नेम फेम और मनी को इन्जॉय करने के लिए बट ये ग्रोथ पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा फ्रेंड्स नो डाउट आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोगों को पता है पीक परफॉर्मेंस करके ही आप सक्सेस पा सकते हैं पीक परफॉर्मेंस इस पर डिपेंड करता है यदि आप हेल्दी नहीं हैं कहाँ माइंड से आप बॉडी से और माइंड से दोनों से हेल्दी नहीं तो आपको क्या लगता है आप पीक परफार्मेंस कर पाएंगे नो no डाउट नहीं कर पाएंगे इट मींस पीक परफॉर्मेंस करके ग्रोथ पाने के लिए आपके हेल्थ बॉडी और माइंड दोनों तरीके से हेल्थी होना अति आवश्यक है सो so, 100 परसेंट यह कहा गया है हेल्थ हेल्थ हेल्थ इज़ रियल यू कैन से विदाउट विदाउट मनी नो मीनिंग ऑफ़ इंप्रूव करने के लिए क्या है हेल्थ को इम्प्रूव करने के मेनली चार पिलर्स हैं फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट पिलर क्या है डेली एक्सरसाइज हम सभी लोगों को डेली एक्सरसाइज करना चाहिए सबको पता है बट सभी लोग नहीं करते हैं देन सेकंड वन क्या गुड न्यूट्रीशन हम लोग 90 परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन कुछ भी खा लेते हैं क्या फर्क पड़ता है बट इससे बहुत फर्क पड़ता है इट मीन गुड न्यूट्रिशन दैन थर्ड वन गुड रेस्ट गुड रेस्ट बॉडी के लिए बहुत अति आवश्यक है हेल्दी होने एंड दे फोर्थ एंड लास्ट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव मैंटैलिटी यदि आप पॉजिटिव मेंटेलिटी नहीं रखते हैं तो नो no डाउट आप हेल्दी नहीं रह सकते हमेशा आपके माइंड में निगेटिव थाट था आएंगे तो आप किसी न किसी कारण से परेशान रहेंगे फ्रेंड्स मैं इस टॉपिक को कवर करना चाहता ताकि हम लोग हेल्दी होने पर ज़्यादा फोकस कर सकें क्यों no, क्योंकि हेल्दी होने के बाद ही हमारे नेम फेम और मनी का कोई मीनिंग है थैंक यू फ्रेंड्स यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए साथ में हमको कमेंट दीजिए कि तो मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा वीडियो आप लोगों को और अच्छा लगे